हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं गंडी वाला बेलैकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आगे से आगे शेयर करना no किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय